के yeah. बोल बस झूला झूलने में बहुत मज़ा आता है आप लोगों को बड़ा झूला झूलने में मज़ा आता है मेरे को तो बहुत मज़ा आता है गाइस भिलाई बहुत हरा भरा है ग्रीन ग्रीन अच्छा लगता है मैं ना तीन चार बजे सोता है पता नहीं क्या करता रहता है और बोले कि चलो इटली खाने चलते हैं रेक कर टाइम पर बोलता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा मैं सो रहा हूं तो फिर हम लोग आ गए नंगू को छोड़ के चंगू के साथ हम लोग अभी रेल चौक लोक चौक पहुंच गए लोक चौक ये छोटा जंगल है ये हाँ, ये देखिए कॉलेज कॉलेज है अगर आपको रहे हैं में ले जा, रहे तो में गा। <laughs> ले जा रहे आपको दिखा पता नहीं यहाँ से धूप करेगा कि नहीं करेगा मौसम मतलब कि धूप भी नहीं मतलब धूप भी नहीं है कुछ आया है पानी <laughs> <laughs> पता नहीं क्या है पर हाँ अच्छा मौसम है हाँ चारे? बता नहीं पाई हाँ थोड़ा थोड़ा धूप आ रहा है <laughs> येलो वाला फ्लावर है ना वो बहुत अच्छा दिखता है मैं बिलाई की कई जगह में देखती हूँ तो बहुत सुंदर दिखता है येलो येलो अच्छा दिख रहा है ना फ्लावर ये भी जंगल है छोटो वाला जंगल ये क्या हाँ मूवी देखने के लिए कौन कौन सी मूवी लगी है चुप धोखा भरा है क्या भरा है हाँ मस्त पूरा रोड खाली है टच अच्छा। मॉर्निंग हाँ अभी मॉर्निंग है अभी मॉर्निंग के मतलब पौने नौ बहुत बारी सुई है यहाँ मार्केट लगता है क्या तफरी है अच्छा ये तफरी है देखो पूरा तालाब बन गया है तालाब इतनी बारी सुई है ए, देखो, ये भी छोटी जंगल है ना सारा यहाँ पे ना छोटे छोटे बहुत सारा जंगल है कब आएगा इडली वाले के पास अरे यार बहुत भूख लग रहा है और इडली वाले के पास नहीं पहुंच रहे हम लोग बहुत जोर से भूख लग रहा है लगा लो सर होगा कि नहीं होगा कि नहीं होगा धूप करेगा नहीं नहीं करेगा नहीं करेगा करेंगा, करेंगा, नहीं करेगा अच्छा सच्ची में को करेगा हाँ। अगर धूप किया तो मैं तो सौ रुपये दूँगी